तो हम तो फिर जा रहे हैं हमने शॉपी पैसे चोपी से हमने वो पॉकिट वॉलेट बुकिंग किया था अब हम साइकिल पे जा रही है हमारे साइकिल है हाय दोस्तों तो फिर मिलते हैं पहुँच चुका है हमारे वो वहाँ पे राजू नाम का है उसका स्टोर में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में उसको मैंने बोल दिया था आने वाला तो वहाँ पे वहाँ पर वर्गाम पे आ चुका था दूसरे फाटा पे तो फिर अब हम लेने जा रहे हैं अब तक तो कितना ही